मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नए साल पर गरीबों को नए सौगात देने जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकार गरीबों को प्लॉट देगी इसके लिए आवश्यक योजना की शुरुआत कल टीकमगढ़ से की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा टीकमगढ़ के दस लोगों को एक करोड़ की लागत के प्लॉट बांटे जाएंगे जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा कोई प्रीमियम नहीं लगेगा प्लॉट का मॉडल साइज छह बर्फ फुट और स्थान के अनुसार रहेगा नए साल 2023 में शिवराज सरकार की कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और कल टीकमगढ़ जिले से इन प्लाट का वितरण प्रारंभ हो रहा है कल 10,500 परिवारों को टीकमगढ़ जिले में अकेले भूखंड के पट्टे का वितरण होगा और लगभग 120 करोड़ रुपए की जमीन हम इनको बात यह है कि पट्टाओं का पति पत्नी दोनों के नाम पर पति भी पत्नी और इसमें कोई प्रीमियम नहीं है कोई भू घातक नहीं है पूरी तरह से निशुल्क है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वह उपचुनाव के समय टीकमगढ़ जिले के दौरे पर गए थे पृथ्वीपुर विधानसभा का कुछ हिस्सा टीकमगढ़ जिले में आता है वहाँ एक गांव में लोगों ने बताया कि उनका परिवार बड़ा होने के कारण सदस्यों को रहने की जगह नहीं है एक ही घर में 40-50 लोग रह रहे हैं हालत ये है कि सोने की जगह नहीं है तब ये फैसला किया था कि ऐसी योजना बनाएंगे जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास रहने की जगह नहीं है उन्हें प्लॉट दिया जाएगा मित्रों कल का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होगा मैं टीकमगढ़ में जब चुनाव प्रचार के लिए गया था पृथ्वीपुर विधानसभा में टीकमगढ़ जिले में भी पृथ्वीपुर का कुछ हिस्सा आता है एक गांव में रोक के कुछ लोगों ने इकट्ठे खड़े से रोका मैं उतरा तो मैंने तुझे बताओ क्या बात है तुमने समस्या बताई कि रहने की जगह नहीं थी जब रहता है उनका रह तो उसी में रहे घर में लेकिन दादाजी के चार बेटे हो गए उनकी चार बहुएं आ गई फिर उनके चार चार हो गए तो हालत ये है कि हम 50-50-60-60 लोग इस जरा से मकान में रह रहे सोने की जगह नहीं है तो बारी बारी से सो सोते हैं और तब हमने ये कल्पना की थी कि हम एक योजना लेके आएंगे जिसमें ऐसे भाई बहन गरीब हो किसी भी वर्ग के हों